नमस्कार स्वागत अभिनंदन वृश्चिक राशि के जातकों का अक्टूबर माह कैसा बीतेगा क्योंकि जो अक्टूबर माह रहेगा दर्शकों ये अपने आप में ही प्राकृतिक और दैवीय शक्तियाँ लिए हुए हैं। क्योंकि इस माह दीपावली का पर्व है अतः वृश्चिक राशि के जातकों को हम प्रारंभ में ही धनतेरस दीपावली से जुड़ा हुआ एक ऐसा प्रयोग बताएंगे कि पूरे वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के पास महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे उनका जो कोष है वो हमेशा भरा रहे पूरे वर्ष तो अंत तक दर्शकों इस वीडियो को हमारे जरूर देखिएगा और यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बटन जरूर दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए एक आवश्यक सूचना देनी है दर्शकों कि उन्नीस और बीस अक्टूबर को दिल्ली आगमन हो रहा है तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी हैं दिल्ली से इसके आस के क्षेत्र से और पर्सनली हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन से हैं? इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तद उपरांत हम आप लोगों को दीपावली से जुड़ा हुआ प्रयोग बताते हैं लेकिन दर्शकों आपको बताना चाहते हैं वृश्चिक राशि के जातकों वार्षिक राशिफल 2020 भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो अक्टूबर दो के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से इसको आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं देखिए दर्शकों दो अक्टूबर बुधवार दिन रहेगा गांधी जी की जयंती रहेगी और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती रहेगी वहीं 6 अक्टूबर रविवार दिन रहेगा महाअष्टमी पूजन रहेगा 7 तारीख को सोमवार दिन रहेगा महानवमी और व्रत का पारण भी रहेगा 8 अक्टूबर मंगलवार दिन रहेगा और दशहरा का पर्व रहेगा और विसर्जन भी मां दुर्गा का इसी दिन होगा नौ अक्टूबर की बात करें बुधवार दिन रहेगा पापा कुंछा नामक एकादशी व्रत रहेगा वहीं ग्यारह अक्टूबर शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा तेरह अक्टूबर रविवार शरद पूर्णिमा फुलमून का व्रत जिनको भी हम बताते हैं तो तेरह को ही रहना और वाल्मीकि जयंती भी इसी दिन रहेगी वहीं 17 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रहेगा 21 अक्टूबर को अभोई अष्टलक्ष्मी व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार रमा एकादशी व्रत पच्चीस अक्टूबर शुक्रवार को धनतेरस का व्रत रहेगा और कृष्ण पक्ष का प्रदोष भी रहेगा छब्बीस अक्टूबर शनिवार दिन रहेगा नरक चतुर्दशी रहेगी वहीं सत्ताईस अक्टूबर अक्टूबर को दीपावली दीपों का पर्व जी और महालक्ष्मी पूजन भी इस दिन होगा अट्ठाईस अक्टूबर की बात करें सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी उन्तीस अक्टूबर को भैया द्विज रहेगा और विश्वकर्मा जयंती रहेगी तो वृश्चिक राशि के जात जो हम उपाय आप लोगों को बताने जा रहे हैं दीपावली से जुड़ा हुआ आप लोग उसी के अनुसार इसको कर करिएगा और इसमें कोई भी बदलाव मत करिएगा जिस राशि के लोगों को हम बताते हैं चाहे मेष हो आपका जो है क्या कहते हैं कर्क हो वृषभ हो सिंह हो कन्या हो तुला इससे नहीं लेने देना आपकी वृश्चिक राशि है आपकी चंद्र राशि है और ये जो है जो हम राशिफल बना रहे हैं ये चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही बना रहे हैं तो चंद्र राशि वृश्चिक होगी उससे आप लोगों को ये उपाय करना रहेगा करना क्या रहेगा एक आपको लाल वस्त्र लेना रहेगा रेशम का और उस लाल वस्त्र पर आपको केसर से एक स्वास्तिक बनाना है और स्वास्तिक बनाने के उपरांत आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक आप लोगों को श्रीयंत्र मार्केट से लेकर के आना है पूजा पाठ की दुकान पर मिलेगा वो श्रीयंत्र तो श्रीयंत्र आप लोग ले लीजिएगा श्रीयंत्र पर आप लोग जो है मौली से कलावा जिसको बोलते हैं उससे आप चारों ओर उसको लपेट दीजिए और थोड़ा सा इत्र लगा दीजिएगा उसके बाद उसमें आपको करना क्या रहेगा सात कौड़ियाँ रखनी रहेगी कौड़ी आती है दुकान पर आप लोगों को मिल जाएगी पूजा पाठ या पंसारी की दुकान पर सात कौड़ी रखिएगा सात उसमें आपको जो है ये गोमती चक्र रखने हैं उसके बाद उसमें कपूर जानते होंगे एक टिकिया कपूर की खुली रख दीजिएगा सात फूलदार लौंग सात इलायची आपको रखनी रहेगी और दर्शकों सात कमल गट्टे के दाने रखने रहेंगे इतनी चीज़ें आप लोगों को उसमें रखनी रहेगी और सब रखने के बाद थोड़ा सा इतना ऊपर आप लोग जो है लगा सकते हैं छिड़क दीजिएगा अच्छे से अब इस पोटली को आप लोग बांध लीजिए और ये प्रयोग आपको कब करना है तो ये प्रयोग आपको करना रहेगा शुक्रवार वाले दिन जिस दिन धनतेरस रहेगा शाम को ये प्रयोग करिएगा आफ्टर सनसेट तो ये प्रयोग करने के बाद वो जो पोटली आप बांध लेंगे पूजा करने के स्थान पर रखिए और वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना रहेगा दीपक जलाने के बाद श्रीशुभ लक्ष्मी सुख कनक धरा स्त्रोत तीन दिन कंटिन्यू आप लोगों को ये पाठ करना रहेगा और जिस दिन दीपावली पूजन होगी आप लोग दीपावली का पूजन करिए पूजन के उपरांत इसको अपने जहां पर अलमारी है बक्सा है या जहां पर आप धन संचय करते हैं उस स्थान पर आपको इसको रखना है और रखने के उपरांत प्रतिदिन आपको धूप दीपक जो दिखाना रहेगा और डेली दर्शकों नियम बांध लीजिए यदि आपको करोड़पति बनना है तो श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ प्रतिदिन आपको करना ही करना पड़ेगा ऋग्वेद के ये जो है पाठ हैं श्लोक हैं मंत्र हैं ऋचाएँ हैं आपको कहीं इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी होगी मां लक्ष्मी का आप लोग ध्यान करिए देखिए कहाँ से कहाँ कहा पहुँचा देती हैं तो ये प्रयोग आपको करना रहेगा दर्शकों इस प्रयोग के नाम पे एक लाइक तो बनता ही है तो प्लीज लाइक तो आप लोग करिए ही करिए अब चलते हैं राशि फल पर कि वृश्चिक माह जो है वृश्चिक राशि के जातकों का अक्टूबर माह कैसा रहेगा स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं ग्रही गोचर व्यवस्था क्या रहेगी तो लग्न जो है देख रहे हैं जहाँ पर आठ नंबर लिखा हुआ है तो देव गुरु बृहस्पति आपके पहले हाउस में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं शनि और केतु सेकेंड हाउस धन के जो है घर में जो है गोचर कर रहे हैं बुद्ध और शुक्र का लक्ष्मीनारायण योग व्यय के स्थान पर बन गया उसके बाद एकादश स्थान में सूर्य और मंगल का पराक्रम योग बना हुआ है आठवें स्थान पे जहाँ तीन नंबर लिखा हुआ मिथुन राशि उदित हो रही है यहाँ पर राहुदेव गोचर करें चंद्रमा को हमने इस राशिफल में मानक मान करके ये राशिफल तैयार किए हैं तो दर्शक को होगा क्या देखिए एक से यानी हम सत्रह अक्टूबर तक की बात करें तो आपके कार्यो में विघ्न बाधाओं के उपरांत भी आर्थिक लाभ आपको होगा ही होगा ये बिल्कुल श्योर है कोई नया सहयोग क्रियान्वित होता हुआ दिखाई पड़ रहा धन तथा भोग विलास के साधनों की यहाँ पर प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है दर्शकों सेकंड हाउस में शनि बैठे हुए ठीक है लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है ये देखिए कहा पर पड़ रही है फोर्थ हाउस पे पड़ रही है तो इसमें कोई वाहन इत्यादि कोई भूमि का टुकड़ा या कोई प्लॉट वगैरह आप क्रय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं व्यर्थ के बाद विवादों से आपको बचना रहेगा सेकंड हाउस जो होता है ये आप जो देख लीजिए शनि और केतु बैठे हैं। ये के बैठे हुए हैं और शनि के साथ केतु हैं, तो व्यर्थ के बाद विवाद करा देंगे जिसके कारण आपके कार्यो में अवरोध आता हुआ दिखाई पड़ेगा वही इस माह आपको भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही बैठे हैं आपके और यहाँ से नवम दृष्टि भाग्य के घर को दे रहे हैं तो भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा कार्यों में अवरोध आएंगे कार्यों में हानि होगी लेकिन आप बाहर निकल जाएंगे पारिवारिक संबंधों में ससुराल पक्ष में तनाव आएगा पारिवारिक संबंधों को कहा से देखा जाता है तो सेकंड हाउस जो होता है ये कुटुम्ब का होता है ये वाड़ी का होता है तो यहाँ पर कुछ तनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है असफल होंगे आप तो आपके मन में कुछ प्रशासनिक भय भी बनेगा पद हानि भी हो सकती है इस माह कुछ अपमानजनक स्थितियों का दर्शकों यहाँ पर सामना कर, जो है करते हुए आप लोग दिखाई यहाँ पर पड़ रहे हैं इसके अलावा चोट इत्यादि लगने का भय रहेगा जो राहुदेव यहाँ अष्टम में बैठे हैं तो चोट चपेट इत्यादि भी लगा सकते हैं वही आपका स्वास्थ्य कुछ खराब होगा आ, किसी वस्तु की चोरी होने अथवा खोने का संकेत है नौकरी पेशा वर्ग में सस्पेंसन तथा तो टर्मिनेशन हो सकता है जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार हानि का सामना करना पड़ सकता है दर्शकों एक बात बताना हम आपको चाहेंगे शिक्षा में कुछ विघ्न भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये विघ्न खत्म हो जाएगा वही 24 से 27 माफ़ करिएगा 17 तारीख से लेकर के मंथ के एंड तक की आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं कोई वाहन इत्यादि इस बीच आप खरीद सकते हैं घर परिवार तथा संबंधियों का आपको सहयोग प्राप्त होगा आपके बातचीत में एक प्रकार का जो ईगो है ये परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ेंगे आपके झगड़े झंझट समाप्त होंगे सूर्यदेव यहाँ पर जो एकादश स्थान पे बैठे हैं धन स्थान पे बैठे हैं नीच के होने जा रहे हैं और ये तुला राशि में जब जाएंगे नीच के हो जाएंगे लेकिन छठे घर को देख रहे उच्च राशि को देख रहे तो आपके जो शत्रु इस बीच बने होंगे वो समाप्त होंगे आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाते हुए नजर आएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सत्रह के बाद यदि आपका कोई पेपर पड़ रहा है तो निश्चित वो क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यापार में कुछ अवनति होती हुई दिखाई पड़ेगी तरल पदार्थों सुगंधित द्रव्यों और कॉस्मेटिक चीज़ों का जो है यदि आप लोग व्यापार कर रहे हैं तो उसमें कुछ हानि होगी आपके बिलासता में कुछ कमी आएगी संतान सुख में कमी रहेगी मन भोग बिलास से विमुक्त रहेगा विरोधी आपके प्रभा जो है प्रखर होंगे कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है अविवाहित हैं तो विवाह में और विलम्ब होगा शिक्षा तथा अध्ययन में कुछ असफलताएं इस बीच आपको मिलती हुई इस माह दिखाई पड़ रही है वहीं हम बात करें मार्च अक्टूबर से तो परिस्थितियां धीरे धीरे देखिए अंत में अनुकूल होंगी कठिन मेहनत से कुछ बिगड़े कार्यों में निश्चित ही सुधार होगा अनियोजित खर्च भी होगा सूर्य व्यय स्थान पर जा रहे हैं तो खर्च आपका अधिक से अधिक कराएंगे और नियोजित बाधाओं में बिघन आएगा देखिए यहाँ टेंथ हाउस के लॉर्ड होकर के द्वादश में जा रहे हैं तो हानि श्योर कराएंगे प्रशासनिक उससे तो उच्चाधिकारियों से आप लोगों को सोच समझ के बातचीत करनी है और कोई ऐसा कार्य मत करिएगा कि आपके नौकरी पर ही संकट हो परिवार में जो मतभेद था वो मंथ के एंड में दूर होता हुआ नजर आएगा आय के नवीन साधन बनेंगे सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक रहेगी सोर्स ऑफ इनकम एक से आपकी अधिक रहेगी लेकिन यदि आप किसी के साथ व्यापार करने जा रहे हैं तो कागजी कार्रवाई आपको अच्छे से करनी रहेगी किसी पेपर पर साइन करने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहीं सरकारी नौकरी में है और रिश्वत लेते हैं तो समझ जाइएगा अन्यथा रिश्वत लेते हुए वृश्चिक राशि के जातक इस माह पकड़े जा सकते हैं और आपकी शिकायत गुप्त रूप से की जा सकती है धर्म में अभिरुचि संतान संबंधी सुख तथा सोची योजनाओं में कामयाबी मंत्र के इंड में मिलेगी इतना सब कुछ देखिए अक्टूबर माह में होने वाला है अब आप पूछेंगे पंडित जी उपाय क्या है तो एक उपाय तो हमने प्रारंभ में इसीलिए आपको बता दिया चलिए उपाय भी आपको बता देते हैं लेकिन इस माह के लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी कलर रहेगा ये पर्पल रहेगा रेड कलर रहेगा और येलो कलर रहेगा भाग्यशाली अंक की बात करें तो एक नंबर पाँच नंबर और आठ नंबर ये भाग्यशाली अंक रहेंगे आपके लिए अनुकूल दिशा नॉर्थ ईस्ट रहेगी ईशान बोलते हैं या पूर्व उत्तर भी इसको बोलते हैं इस माह में सबसे ज़्यादा आपके लिए शुभ दिवस कौन से रहेंगे तो दो तारीख चार तारीख उन्नीस तारीख पच्चीस तारीख उनतीस तारीख इकतीस तारीख इतने ही दिवस हैं संभाल करके आप लोग काम करिएगा प्रतिकूल दिवस की बात करें घूस वगैरह मत लीजिएगा देख लीजिए प्रतिकूल दिवस आप लोग रिमाइंडर में लगाइए 6 तारीख 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 14 तारीख 16 तारीख 21 तारीख 23 तारीख 24 तारीख 26 तारीख 27 तारीख और 30 तारीख इतने सारे दिवस है सोच लीजिए कि क्या कुछ रहेगा थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप देव आराधना करके इन चीजों से बाहर आप लोग पा सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा सप्ताह में एक दिन बुधवार वाले दिन चावल के आटे से बनी जो गोलियां हैं, ये आप मछलियों को जरूर चारा डालिए एक बात और बताना चाहेंगे दो हजार बीस डाले हैं आप लोग प्लीज जा करके जरूर देखिएगा क्योंकि शनि की साढ़े का अंतिम चरण है चोट इत्यादि लगने का भय है तो शनिवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर जो है आपको डालना है पीला और हनुमान जी को लेप लगाइए सुंदर कांड का पाठ आप लोगों को कोशिश करिए मंगलवार और शनिवार वाले दिन आप लोगों को जरूर करना रहेगा और नित्य जिस दशरथ के शनि स्रोत का आपको पाठ करना रहेगा शुक्रवार व वा सोमवार वाले दिन कनक धरा स्त्रोत का पाठ करना रहेगा और स्फटिक के श्रीयंत्र को आपको दूध से अभिषेक कराने के बाद ये पाठ करना रहेगा तो दर्शकों ये तो थे कुछ चुनिंदा उपाय वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप लोग करिए बहुत अच्छा रहेगा राजकीय कार्यों में भी भय नहीं आएगा यदि आप दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ करते हैं देखिए शनि है न्याय के ग्रह तो यदि आप अन्याय किसी के साथ करेंगे रिश्वत लेंगे घूस लेंगे तो कोई आपको बचा नहीं सकता तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइए उन्नीस और बीस अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे यदि आप वृश्चिक राशि के हैं बाधाएं आ गई हैं तो एक बात जरूर मिलिए तो दीजिए इजाज़त और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया जो भी क्वेश्चन हो आप लोग ट्विटर पर आकर के हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं जुड़ सकते हैं पूछ सकते हैं ट्विटर की आईडी आप लोगों को पता ही होगी आशीष पांडे 28 के नाम से बनी है आप लोग वहाँ आकर के हमसे जुड़ सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं हमने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार शुभ दीपावली